डेली जी के क्लास क्वेश्चन में आज आपका फिर स्वागत है दोस्तों बात करते हैं हम जियोग्राफिस जीके की पार्ट थ्री पार्ट टू हम कल बात कर चुके हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं दोस्तों। इकसठवा क्वेश्चन है आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आतंकवाद विरोध दिवस इक्कीस मई को मनाया जाता है बासठवा क्यूशल सशस्त्र से सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों सशस्त्र से सेना झंडा दिवस सात सितंबर को मनाया जाता है तिरसठवा क्यूसल पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस इक्कीस अक्टूबर को मनाया जाता है चौसठवा दिवस 31 मई किस रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों 31 मई को एंटी टूबो डे के रूप में मनाया जाता है दिवस 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन मनाया जाता है तो दोस्तों 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ष स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है तो राइट आंसर है दोस्तों 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जिनकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है सड़सठवा क्यूसं 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अड़सठवा क्यूसं राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों राजीव गांधी का जन्म 20, तो 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है उन सत्तरवा के बाल दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों चौदह नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है सत्तरवा केन्स प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस नौ जनवरी को मनाया जाता है इकहत्तरवा क्यूसंस राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है बहत्तरवा क्यूसं राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है तिहत्तरवा क्यूसं बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता, जाता, जाता है तो दोस्तों बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है चौहत्तरवास देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वबली राधा कृष्ण का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है तो वह है आपके शिक्षक दिवस पचहत्तरवा क्यू रिटिड का किससे हैं तो दोस्तों बिंटिंग का गणतंत्र दिवस से हैं। है निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है तो वे है आपके दोस्तों डॉक्टर विद्यानंद विद्याचंद राय के जन्म दिवस के रूप में डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है सतहत्तरवास किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है आपके स्वामी विवेकानंद <laughs> अठहत्तरवास किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद वह राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व में में डागरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो विश्व में सबसे बड़ा डागर का जाल वो भारत के अंदर है दोस्तों भारत में डागरों की संख्या लगभग है तो दोस्तों एक दशमलव पांच लाख डाकघर भारत के अंदर है ग्रीन ग्रीन चैनल चैनल चैनल है है। एक एक तो दोस्तों ग्रीन डाक का है। भारत में सूचकांग परनाली की शुरुआत किस वर्ष हुई तो दोस्तों भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत उन्नीस में हुई थी क्यूसं भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है तो दोस्तों भारत को आठ डाक जोन में विभाजित किया गया है विरुपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है, तो दोस्तों, परशिद मंदिर में है. 85 हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया वह है दोस्तों अरबों ने हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो स्थित स्थित तो दोस्तों सिंध प्रांत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहा प्रस्तुत की तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की इटियासी क्यूश बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है तो दोस्तों सीबीएस में सी का पूर्ण रूप कोर है। को सीएडी का पूर्ण रूप क्या है तो दोस्तों सीएडी का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडिट डिसाइंस है नब्बेवा क्वेश्चन ओ एमआर का पूर्ण रूप क्या है तो दोस्तों ओ एमआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर है थैंक्स दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हर रोज ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे